दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद वकास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकी बाई दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मुल्तान के कुछ हिस्टोकल हकाइक को जानने की कोशिश करेंगे तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए मुल्तान सुबह पंजाब का एक अहम शहर है ये शहर जनूबी पंजाब में दरियाई चनाब के किनारे आबाद है आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का सातवा बड़ा शहर है ये ज़िला मुल्तान और तरह मुल्तान का सदर मकाम भी माना जाता है इस शहर को माजी में कई दूसरे नामों से पुकारा जाता रहा है जिनमें मालितान मालस्थान जो कि बाद में मुल्तान में तब्दील हो गए मुल्तान की तरीक़ी इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसान की अपनी तारीख अगर हम मुल्तान की कीदामत पर गौर करें तो इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो क्या बल्कि पूरा जहान समा सकता है दोस्तों मंडगढ़ों और हड़पा जैसे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों शहर आबाद हुए मगर किसी न किसी वजह से नस्तों नबूद हो गए लेकिन मुल्तान को भी कई हमलावरों ने बर्बाद करने की कोशिश की मगर मुल्तान आज भी अपने पूरे तकद्दस के साथ जिंदा है दोस्तों मुल्तान की तारीख में मुल्तानी किला एक बहुत ही ज्यादा अमीत का आमिल है तारीख बताती है कि एक वक्त सिकंदर अजम ने भी मुल्तानी कि पर कब्ज़ा करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा यह वो वक्त था कि जब दरियाए रवी मुल्तानी किनारे में बहता था उन दिनों दरिया रवी बतौर बदल का इस्तेमाल होता था कश्तियों के जरिए सिर्फ सख़र, बखर ही नहीं बल्कि ईरान इराक मिस्र, काबुल दिल्ली और दत्न तक तजारत होती थी इस तरह मुल्तान एक अहम तज तिज़्ट, तजारती मरकज़ भी माना जाता था मुल्तान को असल शहरत उस वक्त मिली जब सात में मोहम्मद बिन कासम ने मुल्तान को फतेह किया और यहाँ इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को नाफज किया इससे पहले मुल्तान पर हिंदों का राज था जो अपने बुतों की पूजा करते थे ज़माना के दिन में अंदरून मुल्तान छः दरवाजों से घिरा हुआ था जो कि आज भी मौजूद हैं ये दरवाजे रात को बंद कर दिए जाते ताकि यहाँ के लोग महफूज रहें इन दरवाज़ों में दिल्ली गेट हरम गेट बोहर गेट पाक गेट टोलट गेट और लोहारी गेट शामिल है दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलैकन के बटन को भी दबाएँ ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बसानी पहुँच सके